नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि आखिर फोटोशॉप से आप किस तरीके से यूट्यूब की थंबनेल बनाएंगे तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं और देखिए आप फोटोशॉप किस तरीके से ओपन हो रहा है ये फ़ोटोशॉप का सी, सी वर्जन है जिसमें कुछ समय लगता है ऑन होने में देखते रहिए आप थोड़ी देर में बस ये फ़ोटोशॉप ऑन हो करके आपके सामने होगा बस इंतज़ार कीजिए ये देखिए दोस्तों फ़ोटोशॉप ऑन हो गया है और हमने ये फ़ोटोशॉप खोल लिया है अब हम इसमें सबसे पहले फाइल मेनू पर जाएंगे फाइल मेनू पे क्लिक करना है आपको नई फाइल बनानी होगी आपको थंबनेल बनाने के लिए जी हाँ फाइल मेनू पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में न्यू पर क्लिक करना है अब आपको यहाँ फाइल की विड्स और हाइट दे देनी है सबसे पहले हम यूट्यूब के लिए 1280 सौ डाल देते हैं और हाइट डाल देते हैं सात ये पिक्सल में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों बैक को हम लोग इसमें वाइट की जगह ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं ये ट्रांसपेरेंट कर दिया फिर ओके पर क्लिक करना है ओके पे क्लिक हो गया अब आपको बस इंतज़ार करना है और आपके सामने नई फाइल खुल करके तैयार हो जाएगी देखिए नई फाइल खुल रही है बस जल्दी ही नई फाइल खुलेगी जब तक दोस्तों मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें ये नई फाइल खुल गई है और अब इस नई फाइल को खोलने के बाद में आपको क्या करना है देखते रहिए ये देखिए हम सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड डालने की कोशिश करेंगे ठीक है ना बैकग्राउंड डालने के लिए आपको इरेजर के नीचे ये फिल टूल है इसमें ग्रेडियन टूल को सेलेक्ट कर लेना है ग्रेडियन टूल सेलेक्ट करने के बाद में आप देखिए ऊपर लेफ्ट एंड पर कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रेडियंट कलर्स हमने ग्रेडियंट फिल करके देखा एक बार अब इन कलरों को हम चेंज करेंगे कलर चेंज करने के लिए इसमें कई तरीके के पैलेट दिए हुए होते हैं इसमें ग्रेडियंट टाइप को सॉलिड रखेंगे इन पैलेटों में से यदि आप चाहते हो तो इनको भी लागू कर सकते हो वरना आपको इस तरीके से ये ब्लैक कलर वाला पोर्सन खोलना है और अब यहाँ पर अपना नया कलर सेलेक्ट कर लेना है हम नया कलर सेलेक्ट कर रहे हैं हल्का सा हरा हल्का हरा सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों अब हम भगवा कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं या ब्लू कलर सेलेक्ट किया है हमने देखिए अब हम इसको दोबारा से फिल करेंगे ये हमारा ग्रेडियंट फिल हो गया तो आपको इसी तरीके से ग्रेडियंट को फिल कर कर देना है और ग्रेडियट फिल होने के बाद में अब हमें इस पर कुछ तस्वीरें लगानी होंगी और कुछ आयकन लगाने होंगे जिससे ये साफ हो सके कि हमारी जो थमनेल है वो किस लिए हम बना रहे हैं देखते रहिए हमने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है इस क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद हम ऊपर टाइप करेंगे कंप्यूटर को टू डीओ हम ये हमारी जो थमनेर बना रहे हैं वो को टू डी कंप्यूटर के संबंध में बना रहे हैं इसके लिए हमने कंप्यूटर ढूंढा को टू डी और इसकी सारी इमेज देखते हैं हम इमेज पर क्लिक कर देंगे इमेज पर क्लिक करने के बाद में इसकी इमेज खुल के आपके सामने आ जाएंगी ये देखिए तमाम तरीके का कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर इस्क्रीन पर अब हमें इन कंप्यूटर की जगह मान लीजिए खाली को टू डी ही डालना है तो इसके लिए अब हम दोबारा से आगे देखेंगे हमारी नई सर्च कर रहे हैं हम लोग पीएनजी एन को टू डी के पीएनजी डालनी है तो सबसे पहले हम प्रोसेसर की एक पीएनजी को सेलेक्ट कर लेते हैं ये देखिए कई तरीके की पीएनजी एन आ गई इसमें हमने पहली वाली पीएनजी जो है वो क्लिक किया और ये PNG एन खुल करके आ गई अब इस PNG पर हम राइट बटन क्लिक करके कॉपी इमेज पर क्लिक कर लेंगे को, इमेज को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको पेस्ट कर देनी है इमेज अपनी फ़ोटोशॉप में लाने के बाद और इमेज पेस्ट होने के बाद आपको सबसे पहले यदि इमेज बड़ी है तो उसको छोटी कर लो और छोटी करने के बाद अब आपको मैजिक सेलेक्शन टूल ढूंढना होगा ये टूल है मैजिक सेलेक्शन टूल तो इस टूल के थ्रू हम इसमें सेलेक्ट करेंगे देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा पूरी तरीके से तो इसे टॉलरेंस को बढ़ा देंगे टॉलरेंस हम कर देंगे यहाँ 40, 40 टोलरेंस होने के बाद दोस्तों ये एक ही बार में सेलेक्ट कर लेगा पूरे इसको ये देखिए एक ही बार में सेलेक्ट हो गया अब इसको हम तुरंत डिलीट कर देंगे अब आप देख सकते हैं आपका खाली प्रोसेसर रह गया है स्क्रीन पर और बाकी जो ख़राब हिस्सा था वो गायब हो चुका है इस तरीके से आपको अपने प्रोसेसर को अरेंज कर लेना और ये देखिए हम ऐसे एक और रख देते हैं अभी फिलहाल हम इसे एक और रख रहे हैं और इसके बाद हम दोबारा अपने क्रोम ब्राउज़र पे आके एक कंप्यूटर की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं इसको भी फ़ोटोशॉप में ले जाने के लिए राइट वटर्न क्लिक करेंगे और कॉपी इमेज पर क्लिक करेंगे कॉपी में इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको ये पेस्ट कर देनी है यहाँ पर भी देखिए पेस्ट नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि आप देख रहे हैं ऊपर एक सही का निशान है ये अभी तक इसका ट्रांसफार्मेशन नहीं हो पाया इस ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम कर देंगे अब अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद एडिट पर क्लिक किया और पेस्ट किया ये पेस्ट हो जाएगी ये पेस्ट हो गई अब दोस्तों आपको इसे छोटा करना है ताकि ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एडजस्ट हो सके ये हमने छुट्टी कर ली और इसको हम ऊपर लिया है अब इसमें भी पहले ही वाले प्रोसेस को दोहराना है दोबारा से मैजिक सिलेक्शन टूल लेकर के इसको सेलेक्ट करना है बाइक्टेरिया को ये बीच में ही बाइक्टरिया इसको भी हम रिमूव कर देंगे डिलीट के बटन को दबाने से ही रिमूव होता है सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट दबाना है फिर आपका खाली पी रह गया अब इसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसफॉर्म करने के बाद इनको हम अरेंज कर लेंगे दोस्तों कंप्यूटर को इधर ले आते प्रोसेसर को दूसरी ओर अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है हमारा कंप्यूटर लगा लिया को टू उसका प्रोसेसर लगा लिया अब इसके आगे हमको हमारी थंबनेल के बारे में कुछ ना कुछ लिखना होगा तो उस लिखने के लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट टूल पर क्लिक करने के बाद में एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया अब इस हम इसमें फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं हजारों फ़ॉन्ट दे रखी है हमारे सिस्टम में आप फिर फ़ॉन्ट को इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं हमने हिंदी की फ़ॉन्ट डाउनलोड की हुई है अंग्रेजी की फोन डाउनलोड की हुई है सभी तरीके की फोन है हमारे पास में ये देखिए मैंने हिंदी की डेबलेसेस दो सौ सेलेक्ट कर लिया और इसका साइज कर दिया सेवेंटी टू साइज करने के बाद दोस्तों अब हम टाइप करना शुरू करते हैं इसमें आपको हिंदी टाइपिंग यदि आती है तो आप हिंदी टाइपिंग के जरिए कर सकते हैं और यदि हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप अपने कीबोर्ड पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करके इसको टाइप कर सकते हैं हम डायरेक्ट हिंदी लैंग्वेज टाइप कर रहे हैं भूल कर भी मत लेना तो हमने ये लिख दिया भूल कर भी मत लेना आप देख रहे हैं अब ये हमारा टैक्स वक्स जो है ज़्यादा बड़ा हो गया इसको हम छोटे करने की कोशिश करेंगे छोटा करने के लिए दोस्तों हम वापस से टैक्स टूल पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे जब हम भूल कर भी मत लेना वाले क्षेत्र में पहुँच जाएंगे ये देखिए हमारा टैक्स वक्स सेलेक्ट हो गया अब हम इसको छोटा करेंगे ये हमने छोटा कर दिया अब वापस से सेलेक्ट टूल पे आएंगे। फिर हम इसको बड़ा करेंगे तो इसके साथ आपका टैक्स भी बड़ा होता जाएगा दोस्तों ये टैक्स बड़ा हो चुका है लेकिन अब ये टैक्स फीका फीका लग रहा है हमें इस टैक्स को पहले एलाइन करना है और एलाइन करने के बाद दोस्तों इसमें रंग भरना है कलर चेंज होना चाहिए तभी आपकी थमलेल जो है आकर्षित लगेगी आप देखते रहिए किस तरीके से हम थर्मिनल बना रहे हैं अब हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर क्लिक करके राइट बटन क्लिक किया था हमने हमारे टेक्स्ट लेयर पर उसके बाद में ब्लेंडिंग ऑप्शंस खोला फिर ब्लेंडिंग ऑप्शंस खोलने के बाद में हम सबसे पहले वे वन एंड एम्बो पर क्लिक करेंगे उसके बाद कंट्रोल ऑन कर देंगे फिर हम कलर ओवर पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर लेंगे हमें इसमें कौन सा कलर भरना है हम इसमें दोस्तों पीला कलर भर रहे हैं ये पीला कलर भर दिया हमने कलर ओवरले हो चुका है और इसको ओके कर दिया लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है हमें इस गड़बड़ को दूर करने के लिए हम अपनी फोन को चेंज करेंगे ये सेलेक्ट कर लेना हमें सबसे पहले उसके बाद फिर फोनट फोंट खोलनी है ये फोनट आ गई है हमारे सामने हम इसमें से एक एक फोन देख कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों ये फ़ॉन्ट हमने दूसरी चेंज कर दी है लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको लग, इसमें ही देख देखें तो हम फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देंगे डायरेक्ट और अप डाउन का बटन प्रेस करेंगे अप डाउन का बटन प्रेस करने से आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक बदलती जा रही है अपने आप आपके सामने चेंज हो के आ रही है ये देखिए भूल भी मत लेना किस तरीके से कितने प्रकार से आपको दिखा दिया गया है ये फ़ोन आपको ऑटोमेटिक चेंज करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन येस पर क्लिक कर देना ये बन गया ऊपर का आपका हेडलाइन अब आपको देना है जानकारी हल्की सी जानकारी कि आपके वीडियो के अंदर क्या है क्या बताना चाहते हैं आप आपको ये एक बार यहाँ बताना होगा ये देखिए अब हम दोबारा से हिंदी में ही टाइप कर रहे हैं इसको सभी जानकारियों के साथ हमें टाइप करना है सभी जानकारकारियाँ ये हिंदी में जब आप लिख के देंगे तो आसानी से समझ में आएगा एक साथ सभी जानकारियाँ एक साथ ये देखिए हमने लिख दिया सभी जानकारियाँ एक साथ मतलब आपके वीडियो के बारे में जो भी कुछ आप बताना चाहते हैं उसको इस सेक्शन में ज़रूर लिखें अब हम फिर से एक बार इसका टेक्स्ट बॉक्स का शायद छोटा कर लेंगे और ये हमने इसको बड़ा कर दिया दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्स्ट बड़ा हो चुका इस टेक्स्ट के बड़े होने के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन एस पर क्लिक करना है फिर एडमिटन क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस दोबारा खोल लेने हैं और एक बार फिर वही प्रोसेस दोहराना है जो हमने ऊपर दोहराया था भूल भी मत खरीदिए वाले उसमें बेवर एन ऑन कर दिया कंट्रोल ऑन कर दिया और अब हम जा रहे हैं कलर लो ओवरले ऑन कर दिया और अब स्ट्रोक भी ऑन कर दिया दोस्तों इस बार हमने इसमें स्ट्रोक इस भी लगा दिया एक स्ट्रोक आपको लगाना है और उस स्ट्रोक का कलर जरूर देना कलर आपके कलर के हिसाब से होना चाहिए जैसा कलर आपने अपने टेक्स्ट में भरा उसके अगेंस्ट में सभी जानकारी एक साथ हमने लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया और ये करने के बाद हमने हल्का सा इसका शेड दे दिया शेड देने के बाद ओके पर क्लिक कर दिया आप देख रहे हैं आपकी थंबनेल बनके तैयार हो गई अब हम इसको सेव करेंगे सेव सेव सेव पर पर पर क्लिक क्लिक क्लिक किया है दोस्तों फाइल फाइल मेनू मेनू में में जाके करना में जाके करना आपको जब आप पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा यहां आपको अपने फाइल का नाम देना है फाइल का नाम देने के बाद सबसे पहले हम फाइल का नाम टाइप करेंगे यहां पर ये पुराने जो हमारे फाइल आ रखी वो आ रखे तो आप देखिए हम नया टाइटल दे रहे हैं इसको यूट्यूब थंबनेल और हम अभी इसको पी एच में सेव करेंगे उसके साथ में जे जे में भी सेव करेंगे आप देखते रहिए यूट्यूब थंबनेल को टू ड्यू हमने इसको नाम दे दिया और सबसे पहले इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जेपी में ये देखिए दोस्तों सेव हो गया अब ये एक ऑप्शन आएगा यहाँ आपको फुल लार्ज फाइल कर देने ताकि आपकी थंबनेल खूबसूरत बने बिना फटे हुए आएगी धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का हमारा साथ देने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।